हेलो गाइज ओके गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू एड अ वी बैच विदाउट हैविंग एन यूट्यूब अकाउंट ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है पहले तो आपको आ, अपना अकाउंट पर जाना है और देखो अभी मेरे पास दिखा रहा है YT equals to young techy अभी मैं इसको हटा देता हूँ और इसमें आपको जा ना एक कोड लिखना होगा तो कोड में दे दूँगा आपको ऊपर भी देखो आपको दिख रहा होगा कोड और इधर से भी आप कॉपी कर सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये कोड दे दूंगा तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है पहले तो आपको ये कोड लिख देना है और फिर बाद में जो भी आपको अपना चैनल का नाम या सब्सक्राइब लिखना है या कुछ भी करना है तो वह आपको ऐसे कर देना है और फिर उसके बाद में समझो मैंने लिख दिया वाइटी equals to यंग टी तो ये जो कोड है ना उसके बाजू में आपको लिख देना है या तो कैपिटल या तो स्मॉल आपको जैसी मर्जी पहले मैं कोड हटा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कोड काम कैसे करता है देखो अब भी मैंने कोड हटा दिया तो आई लव फ्री फायर आ रहा है और ये चला गया कोड अभी मैं वापस आपको कोड डाल के दिखा देता हूँ देखो तो तो पहले आपको जाना है प्लेयर इन फॉर सिग्नेचर में उसके बाद में आपको कोड टाइप करना अभी मैं ये कोड टाइप कर देता हूँ मैंने इधर कॉपी कर लिया ये पेस्ट कर दो और समझो इसके बाद मैं लिख दिया वाई टी एक टू कहाँ हाँ equals to young एक सेकंड हाँ, वाई ओ यू एम टी यंग अब मैंने ये लिख दिया अब इसके बाद आपको ओके कर देना है और आपको ये कोड दिख रहा होगा उसके बाजू में आपने जो लिखा है वो दिख रहा होगा और इधर वी बैच का एक सिंबल भी आ रहा होगा पर एक प्रॉब्लम होगा मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को पता भी नहीं चलने वाला पर आपको यहाँ पे जो वी बैच पिन आता है वो नहीं आएगा एफ एफ सी ओ या जो भी पिन आता है वो नहीं आने वाला क्योंकि ये एक हैक है एंडाइज आप देख लो यहाँ पर आ रहा है वी बैच वाई इक्वल्स टू यंग टेक ओके गाइस तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मैं सोचा था सम कोई ट्रिप टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में डालूँगा और दो तीन चार पर मैं सोचा ये ये स्पेशल है वीडियो है तो ये स्पेशल आकर मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है तो मैं सोचा इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर ओके गाइज तो बस आज के लिए इतना ही आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना